दीदी सर के विषय में कुछ बोलिए दीपक कह रहे हैं मैम खान सर के लिए कुछ बोलिए काफी देर से आप लोग ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है अगर हम बात करें तो और बहुत दुख की बात है इस तरीके की मतलब अब पता नहीं अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं संडे वार्ता में इस तरह की बात बट इम्पॉर्टेंट भी है ये तो मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है जिन वैल्यूज के साथ मैं बड़ी हुई हूँ नैतिक शिक्षा में हम लोग पढ़ते थे सातवीं क्लास में के, जो कबीर के दोहे हैं बहुत सारे उनमें से वन ऑफ मतलब दोहा कह सकते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ मोल करो तलवार का पड़ी रहने तो ये उस टाइम का मतलब तरीका था यह वैल्यू सिस्टम है हमारे इंडिया का तो बड़ी गलत बात है अगर इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है स्पेशली नाम पे या और बहुत सारी पोलिटिकल चीज़, चीज़ों को उठा करके क्योंकि अभी मेरे ही कितने सारे फैन चैनल बने हुए हैं या टेढ़े मेढ़े चैनल बने हुए हैं जिसको छोटी सी क्लिप निकाल करके कुछ भी बना देना दो तीस सेकेंड में आगे की बात पीछे की बात मतलब यह बहुत ज्यादा मैनीपुलेशन है सोशल मीडिया पर मुझे भी मतलब ये बात बुरी लगती है कई बार देख करके तो बिल्कुल मतलब ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क शायद ही मतलब अगर हम बात करें यूट्यूब की या इन जनरल भी तो उतना टीचिंग जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उस संख्या में वो रिस्पॉन्स शायद किसी को मिला हो अमेजिंग लगता है देख करके और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती हैं तो मतलब लगता है कि क्या यार बट ठीक है जो मतलब शिखर पे होता है या एक कुछ विशेषता होती होनी की बात होती है उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए उस तरीके की चीजें भी होती है नेगेटिव है हालांकि ऑब्वियसली लर्नर्स या टीचर्स सपोर्ट में है और होना भी चाहिए है ना खैर इस पर बात संडे वार्ता को करेंगे अभी इतना काफी होगा तो डिस्लेक्सिया इज नॉट कैरेक्टराइज लोग एक और जो ये बीख होता है ना गुस्सा आजकल की लड़कियां ना बड़ी बिखिया जाती हैं ऐसे करते हैं बताइए भगवान अगर कहीं अंचेर रह के छोड़ दिया तो दिक्कतें हो जाएगा तो ऐसा बीख मत की किया कीजिए जिंदगी में जो इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया ना कि हमको क्या बोलना है और गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया ना पूरी दुनिया को जीत सकता है कभी भी कि शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह होता है जिस तरह से भोजन परोसने से पहले चख लेते हैं वैसे आप लोग भी किसी से बिहेव करने से पहले एक बार उसको चख लिया कीजिए कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं एक बार क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं लड़कियां लेट हो जाए जो लड़कियाँ देख रहे हैं उनको पता होगा अगर लड़की गलती से भी क्लास में लेट आएंगे तो उसको बहुत बोलते थे हम लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता था सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा क्लास रहता था तो उसमें हम खुद ही पंद्रह बीस पच्चीस मिनट लेट हो जाते थे हम क्योंकि सैटरडे वाले क्लास तीन चार घंटा चलता था तो हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे कोई लड़की बोलती नहीं थी एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना हम लोग दस मिनट लेट कर देते हैं पाँच मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं आज आप इतना लेट आए हैं लेकिन क्या करें आपको तो बोलने वाला कोई है नहीं है इन वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेटा रहे हैं लेकिन जरा सोचिए अगर वही कहती कि हम लेटाते हैं तो बोलते हैं आप लेटाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा क्या है बात तो सेम है लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज हो गया हम कहें कि तू हमको सिखा रही हो हंसी मजाक में खत्म हो गया यह चीज़ को तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि चुशा हमको डांट रहा था रियली में तो हमको डांटिए रही थी लेकिन कितना घुमा के डांटिए तो गुस्सा पर कंट्रोल कीजिएगा आप दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते और आप कितने बुलंदी पर चले जाएंगे ना लोग आपको गाली देने वाले मिलेंगे ही आप राष्ट्रपति से लेकर देखिए आप नरेंद्र मोदी से तो बड़े नहीं ना हैं प्रधानमंत्री उनको भी आपको देखिएगा गाली देने फंडिंग करके तू पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा आप जरा देखिए कुछ नहीं पता पटना में आज भी अगर किसी को ब्लड घट जाता है तो मेरे पास आता है अनाथ बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है ये सब हमा, ये हम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं ये अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहे हैं यहाँ पर अब एक नॉर्मल आदमी क्या रहेगा या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा हम ना इसको गाली दिए ना इसे ब्लॉक कर दिए इनको आराम से जवाब दिए कि भगवान ना करें बट लाइफ में आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा आई एम इंडियन मुस्लिम मुझे आपसे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप बताइए हंड्रेड परसेंट कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज में कमियां निकालें आप ताजमहल घूमने जाइएगा वहाँ भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं और इस तरह के घटिया लोग एक से दो परसेंट बाकी अंठानवे लोग अच्छे हैं लेकिन समस्या क्या है कि वो अंठानवे लोग शांति से रहते हैं और यही जो खचराई करते हैं ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है नहीं बाहू ऐसे लोग दो परसेंट है और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है ये लो, ये लोग लोग कभी नहीं सुधरेंगे तो ये हम हर जगह मिलेंगे गांव में मिलेंगे शहर में भी मिलेंगे हर रिलीजन में ऐसे मिलेंगे तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए अब नहीं वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूछ आ गए आप बड़े हो गए तो इसे कहा जाता है है है इंसान मेंटली बड़ा होता है। आपको पता है, ये भाई साहब मेरा फिर से रिप्लाई किये थे कि सॉरी सर हम आपके बारे में बोल दिए लेकिन अगर हम इसे गाली देते तो ये फिर पलट के गाली देता क्योंकि शुरुआत में गाली दिया हुआ था तो सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी जिंदा है केवल अपने जुबान पर आप कंट्रोल रखें डीके अच्छा ये नाम है इनका हाउ कैन आई स्टार्ट वार्ता विद माई क्रश ओ हो कितने कितने भारी सवाल है ना आपके जीवन के कुछ तो है कुछ लोगों की लाइफ में तो इतने मुश्किल मुश्किल सवाल हैं ब्रेकअप से कैसे उबरें क्रश से कैसे बात करें हैं ये ये कैसा सवाल है और वार्ता मतलब डिस्कशन कैसे स्टार्ट करें पत्र लिखिए कबूतर से भिजवा दीजिए पत्र लिखवा करके और मजाक मतलब कर चिट्ठी पत्र ई व्हाट्सएप ब्लॉक हैं तो फिर तो समझ ही जाइए आपसे आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाला ठीक तो अगर इंटरेस्टेड होंगी तो कर लेंगी बात या होंगे नहीं आप तो ठीक है दोनों ही चांसेस हो सकते हैं खैर आगे बढ़ते हैं इनका नाम है अकरम अहमद कह रहे हैं आर्यु सिंगल और ये एक दो लोगों का और सवाल था मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, है? ये ये मैं पहले आ, आ, क्या क्या ये हाँ ये फेसबुक से शुरुआत हुई थी हम तो ऐसे सीधे बच्चे थे ठीक तो फेसबुक से शुरुआत हुई थी उसमें वो ऑप्शन पूछता है रिलेशनशिप uh, स्टेटस का कि सिंगल कमिटेड और कॉम्प्लिकेटेड तो कई लोग इट्स कॉम्प्लिकेटेड लगा के रखते थे जब मैं स्कूल टाइम में थी मेरे को समझ नहीं आता था मैंने ये कॉम्प्लीकेशन क्या हो सकता है या तो सिंगल है या तो कमिटेड है कॉम्प्लीकेटेड क्या है फिर अभी समझ में आता है तो, तो, तो कह है सकते हैं काइंड ऑफ हाँ सिंगल नहीं, क्यों बताऊं क्यों नहीं मैं बताऊंगी नहीं ठीक है ऐसे लाइक शेयर आप कर दीजिएगा खुश होकर के बिना सु...